कहां कहां से कहां पहुंच जाते हैं? हैं कुछ लोग इसको बहुत ज्यादा ग्रह मानते कि शनि शनि हमारा खराब हो गया तो देव ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। लेकिन हकीकत बिल्कुल इससे उलट है शनि देव रंग को राजा और राजा को रंग बनाते हैं विशेष तौर पर कर्मों के हिसाब से व्यक्ति का लेखा जोखा करते हैं और उसे फल देते हैं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 साल 2020 में शनिदेव चूंकि आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे द्वितीय भाव होता है धन स्थान का होता है संपत्ति का होता है कुटुम्ब का होता है ससुराल पक्ष का होता है आपकी जीव का होता है आपके पड़ोसियों का होता है तो सेकंड हाउस में विराजमान रहेंगे जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज्यादा दुग्ना फल मिलेगा पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का योग बन रहा है इस साल आपको पैसों की कुछ तंगी का सामना करना पड़ सकता है इसलिए मेहनत से पीछे बिल्कुल भी मत घएगा बच्चों की शिक्षा पर इस साल पैसा बहुत ज्यादा खर्च होगा जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में लाभ प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ रहे ससुराल से कोई संपत्ति आपको प्राप्त होगी कोई फैसला लेने से पहले आपको अच्छी तरीके से विचार करना है इम्प्लीमेंट करना है आर्थिक क्षेत्र में आपको पिता का सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है वहीं पर आपके पिता बिजनेस में आपका साथ बत, जो है हाथ बैठाते हुए नजर आएंगे फेफड़े से संबंधित कोई इंफेक्शन आपको हो सकता है और शासकीय सम्मान आपको प्राप्त होगा विदेश जाने की सोच रहे हैं तो इस साल आपको रुकावटों का सामना कुछ करना पड़ सकता है उपाय के तौर पर फिर बताना चाहेंगे कुंडली का यदि विश्लेषण करवाते हैं तो, तो सो फौसो गुट है लेकिन फिर भी उपाय हम आपको बता रहे हैं कि प्रतिदिन दशरथ के शनि स्त्रोत का आप लोग पाठ करिए जो की शनि की साढ़े साथ का अंतिम चरण आपके ऊपर आ गया है तो दशरथ के शनि स्त्रोत का पाठ सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए रहेगा शनिवार वाले दिन सुंदर कांड का पाठ कीजिए हनुमान जी को बेसन से जुड़ा हुआ किसी चीज़ का भोग लगाइए शनिवार वाले दिन बेसन गाय को खिलाना रहेगा तो ये सब प्रयोग आप लोग दर्शकों करिए देखिए हमारे इस वीडियो को यदि आप लोग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए फेसबुक पेज पर देख रहे तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए हमें फॉलो कीजिए मगर कर उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा नए दर्शकों तो सब्सक्राइब कीजिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए और पुराने भी हैं